सिंगरौली में एपीएमडीसी कंपनी और विस्थापितों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने विस्थापन नीति के तहत सभी विस्थापितों को लाभ देने का निर्देश दिया है इसके साथ ही उन्होंने विस्थापितों की समस्या का जल्द निवारण करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर अरुण कुमार परमार देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा सांसद प्रतिनिधि राजकुमार दुबे की मौजूदगी में एपी कंपनी और विस्थापितों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने एम के अधिकारियों को कहा कि विस्थापन नीति के तहत जो भी सुविधाएं विस्थापितों के लिए निर्धारित की गई हैं, उसका लाभ विस्थापित परिवारों को दिया जाना सुनिश्चित करें कलेक्टर ने विस्थापितों के समस्याओं का जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं साथ ही कंपनी को विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए संचालित विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्देश दिया है जो ये काफ़ी ये पहले से चल रहा था और पहले बैठकें भी हुई थी तो उसमें जो गैप था लिखूना था जिसे जहाँ जहाँ कुछ बिंदुओं पे काम नहीं हो रहे थे तो उसमें लिखा निर्देश यही दिए हैं कि उसको प्राथमिकता से पूरा किया जाए और जो नीति के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उनको लागू किया जाए और वो लागू कर, कर रहे जो गेप है उसको गेप फीलिंग करना बेसिकली इसका उद्देश्य वही था नहीं तो वो कंपनी के लोग भी उपस्थित थे तो बात हुआ था तो जो भी जहाँ समस्या आए हैं तो बातचीत करके उसमें एक कुछ निर्धारण किया गया कि इस, इस तक वो ये काम कर देंगे ये काम कर देंगे तो उसमें बातचीत करके निर्धारित किया गया है और उम्मीद है कि उस पर वो सब चीज़ें पूरी हो तो जाएंगी रोजगार के लिए हमने कहा विस्थापितों को सही अच्छा अच्छा जो तो दर रेट चल सके उस भाव में हमने इस विषय पर हम सब विस्थापित परिवारों की बात रखनी है भ्रष्टाचार भी नए आए हैं अभी विचार उन्होंने कहा कि हम